तो so आज हम लोग अपने भाई की शादी में जा रहे हैं अरे देख उसको ध्यान मत दीजिएगा सो so गाइज हम लोग आज भाई की अपनी शादी में जा रहे हैं सो गाइज वहाँ हम लोग इंटरेस्टिंग जितनी भी सारी चीजें करेंगे मतलब फनी और जितना भी रहेगा व्लॉगिंग व्लॉगिंग बनाएंगे आज सो so आइज जा रहे हैं हम लोग सो so वीडियो कंटिन्यू करेंगे चल अब so guys, हम चुके हैं सब हो चुके हैं मतलब नॉर्मल ड्रेस पे आ चुके हैं शादी वाली कुत्ता भाई भी अपना साथ है अगर जब देख सकते हैं पूरा यहाँ सजा बजा हुआ है और अगर अब सुबह ज मिलेगी जलेबी भी तो जलेबी खाएंगे अब देखते क्या होता है गाई चलिए अब इतना ही चलते हैं बाय